असलम फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आप लोग डेली बाई डेली अर्निंग कर सकते हैं जी हाँ है, बिल्कुल ये बहुत ही ज़बरदस्त साइट है ये इसका लिंक मैं डिस्क्रप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ से आप डेली बाई डेली 50 से 60 डॉलर कमा सकते हैं वो भी इजी, कोई इतना मुश्किल वर्क नहीं है इस पर बहुत ईजी ट्रिक है इसमें जो मैं मुकमल आपसे शेयर करूँगा यहाँ से इंग्लिश इसमें यह आपने काम करना है यह मैं पहले चेक करवा देता हूँ और उसके बाद मैं मुकम्मल आपसे विड्रॉ को भी इसमें ऑप्शन शेयर करूँगा कि कैसे आप इसमें विड्रॉ करवा सकते हैं डेली अर्निंग जो आपकी होगी वो आप कंप्लीट डेली बा डेली कर सकते हैं इसमें जी हाँ कोई मुश्किल काम नहीं है डेली बा डेली आपने चौबीस घंटों के बाद आपने डेढ़ बार स्पिनर स्प्रिन करना है और उसमें जो स्कोर होगा उसके बदले आपको अर्निंग मिलेगी थोड़ा सा मैं आपको चेक करवा देता हूँ करके रियल सेट है ये उसके बाद आपने बैग जाते हूँ मैं आपको चेक करवाते हैं डेली चेक पे ये कम्पनीट चेक करना है आपने ये आप देख लें पाँच पॉइंट मिलेगी इसके ये आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल स्कोर 50 हो गया ये आप देख सकते हैं अभी एक मेरे पास पिन टोटल पड़े हैं बाकी तीन मैंने की हैं तो 0.07 सेंट मिले हैं इसमें जो कि करंसी में पाँच बनते हैं उसके बाद इसमें स्क्रैच का ऑप्शन है कि आपने डेली बाई डेली टू स्क्रैच करना है ये टोटल स्क्रैच करना है ये देख लें उसके बाद नेक्स्ट आपने स्क्रैच करना है ये चार पॉइंट मिल गए उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह आपने डेली सो स्क्रैच करने हैं उसके बाद एक ऑप्शन ये है वाक टू इसमें डिफरेंट तरीक़े हैं उसके बाद ये नीचे स्पिनर का ऑप्शन है जो आई हमने किया था ये देख लें कुछ देर बाद आप इसको दोबारा चेक करेंगे तो डेढ़ सौ दोबारा स्टार्ट से हो जाएगा यही इसका बहुत ज़बरदस्त कमाल है अगर आप जो लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में उससे करेंगे ज्वाइन तो ये आप डेली बाई डेली तकरीबन डेढ़ सौ नहीं 300 बार कर सकते है। जी हैं जी हाँ बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मैंने लगाई हुई है उसके बाद वॉच एंड अर्न यहाँ से आप वीडियो अर्न कर सकते हैं वीडियो वाच करके अर्निंग कर सकते हैं यह मैं एक दिखा देता हूँ आपको ये देखें जैसे ये ऐड चल रहा है इसको मुकम्मल वाज इसको है, इसके सेवन पॉइंट मिलते हैं ऐड मुकम्मल वाज करने के बाद कोई देर ये दोबारा ऑप्शन ये दिखा देगा कि दोबारा आप ऐड्स देख सकते हैं उसके बाद रेफर से भी आप अर्निंग कर सकते हैं ये चीज़ आप रीड कर सकते हैं टोटल जैसे ऐप आप, आप अगर अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और उससे वो लोग अकाउंट रेडी करेंगे तो आपको सौ पॉइंट मिलेंगे उसके बाद इंस्टेंट फ्रीडम है ये पॉइंट है ये इसका जो विड्रो है वो ऑप्शन है जो के पेटीएम और पेपाल से मिलता है उसके बाद बात करते हैं विड्रॉ की विड्रॉ को मैं ये प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे जो ही तो यहाँ से आपसे ये आईडी मांगेगा कि आपके पास पेपाल की आईडी या पेटीएम की है जिसकी आपके पास आईडी होगी वो आईडी डी आपने लगा और सेव डिटेल पे क्लिक करते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ये पचास रुपया यहाँ मेरे पास चार पे शो करवा रहा है ऑलरेडी मैंने एक विड्रॉ करवा ली इसका जैसे आपके पास यहाँ पचास रुपए होंगे आप विड्रॉ करवा सकते हैं बहुत ईजी स्ट्राइप का कोई इतना मुश्किल वर्ग नहीं है बहुत से लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं सबसे बेहतरीन इसी में अर्निंग लो कर रहे हैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और तो दोस्तों से जरूर शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग